ये जंगल ये वादियां की खूबसूरती जब असलियों सामने आएगी तो भूल जाओगे इन वादियों का चक्कर मैं आपको तक कुछ नहीं होता फिर अचानक उनकी बहती बैठी कुछ उनके लोग मरते हैं कुछ हमारे दोस्तों के टुकड़े देखने पड़ते हैं सचोच